सिंगरौली के नेशनल हाईवे उनतालीस पर एक बार फिर सड़क हादसा हो गया हादसे में डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है सिंगरौली के मोरवा में सवारी से भरी बस निर्माणाधीन एनएस थर्टी नाइन सड़क के गड्ढे में जा गिरी गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई हादसे में करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं जिनका इलाज एन केंद्रीय चिकित्सालय में जारी है बताया जा रहा है बस बरगावा से मोरवा आ रही थी तभी बिरला गेट के सामने हादसे का शिकार हो गयी बस गड्ढे में गिरने से पूर्व ही चालक वाहन से कूद गया था और स्टेयरिंग फेल होने की बात बताई स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही विधायक राम वेस अमर सिंह सुभाष रामचरित वर्मा अस्पताल घायलों को देखने पहुंचे ये बस बरगुआ से सिंगौली जा रही थी करीब डेढ़ बजे के आसपास ये बस अनियंत्रित होके पलट गई है और उसमें करीब सत्रह लोग घायल हो हैं उसमें से दो लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिसमें एक मनमाती गुर्जर है और एक तारासाह हो गए और इन लोगों को रेफर कर दिया गया वहाँ से बाकी लोग इलाज रहते हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं है आ, बस का जो चालक था उसके द्वारा भी बातें बताई जा रहे हैं उसको भी चोटें आई हुई हैं जानकारी लगी है थाना प्रभारी इस मौके पर पहुँच गया था उन्होंने सारे घायलों को अस्पताल पहुँचवा दिया था घायलों का उपचार जारी है और आंखें की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा